हमारे चैनल राजा में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजन अकपूरे हमारा जो चैनल है कंप्यूटर एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड चैनल है जिसमें ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट इत्यादि के बारे में वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब लिखे बटन को प्रेस कर देंगे तो चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब हमारे चैनल पर पुराने व्यूर है तो सब्सक्राइब किया होगा आपने साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगी तो चलते हैं टॉपिक की ओर हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं अंग्रेज़ी टाइपिंग नहीं आती तो भी कोई बात नहीं फिर क्या सोचना यही तो आज के वीडियो का टॉपिक है और 100% एक्यूरेसी से काम को पूरा कैसे करें ये इस वीडियो में बताने वाले हैं फिर वर्ड हो या एक्सेल या फिर पावर पॉइंट क्यों ना हो सब में काम करना बहुत ही आसान जितना आप बोलोगे उतना ही लिख पाओगे फास्ट कंप्यूटर पर चलते हैं टॉपिक की ओर और, और मैं हूं रंजन अकूरे तो सबसे पहले बता दें आपको कि इसके लिए हमको आवश्यकता होगी एक इंटरनेट कनेक्शन की तो वो सभी कंप्यूटर में लगभग रहता है और नहीं तो आप अपने मोबाइल से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं सेकंड है कि अच्छी क्वालिटी का माइक होना चाहिए जिससे कि हम रिकॉर्ड कर पाए अपने वॉइस को तीसरा है गूगल डॉक्स जो फीचर होता है गूगल की तरफ से और या गूगल डॉक्स में नहीं करना है तो आपको वेब इस्टोर से एक एक्सटेंशन ऐड करना होता है जिसका नाम है वॉइस नोट 2 और चौथा है लैंग्वेज सिलेक्शन कि जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है जो भी आप भाषा में लिखना चाहते हैं चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो या जो भी आपकी भाषा हो तो उसका आपको सिलेक्शन करना होता है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर हमको सबसे पहले एक्सटेंशन ऐड करना होगा तो जिसके लिए हम चले जाते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ पर सर्च कर देते हैं Chrome Web Store। ये जैसे लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहला जो भी लिंक मिलेगा इस प्रकार से इसको हमको क्लिक करना है Chrome Web Store में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको Voice Note 2 इस प्रकार से लिख कर सर्च करना होगा और ये देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस नोट टू आ गया है। इसको हमको ऐड कराना है ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस होता है तो यहाँ एडेड लिखा हुआ है मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ एक्सटेंशन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आइकन होगा आपको उसको ऐड करा लेना है अब आपने एक्सटेंसन ऐड करा लिया आपके पास एक माइक है माइक को आपने अटैच कर लिया अपने सिस्टम से और आपको यदि वर्ड में टाइपिंग करनी है तो सबसे पहले उसके लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका विंडो खुल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो इसका भी आप भली भाती यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइक का आइकान बना हुआ है इसको आपको केवल प्रेस करना है और उसके बाद जो भी आपको लिखना है उसको आप बोल के लिख पाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज के लिए आइकन दिया हुआ है आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद माइक से बोलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी इसको हिंदी को सिलेक्ट करना और उसके बाद हमको माइक को प्रेस करना है आइकान को दोस्तों नमस्कार मेरे चैनल राजा डॉट कॉम में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजन अकपूरे आज आपको बताने वाला हूं कि हिंदी में टाइपिंग कैसे करें कुछ ही मिनटों में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें यदि घंटी के बटन को नहीं दबा है तो उसे भी दबा दे और पाए नोटिफिकेशन तत्काल जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए ये आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने जो बोला था वो एज इट इज यहाँ पर कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक लिख दिया है इसको केवल हमको कॉपी करना है कंट्रोल सी से और जहाँ भी हमको इसका उपयोग करना है वहाँ पर जाकर पेस्ट करना है जैसे मुझे वर्ड में इसको पेस्ट करना है तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और अब रही बात सेटिंग की तो आपको जिस हिसाब से भी सैट करना है इसको आप सेट कर सकते अपने कम्प्यूटर सिस्टम पर छोटा बड़ा जो भी आपको करना है फुल स्टाप लगाना है पॉइंट लगाना है बिंदी लगाना है यदि कुछ करेक्शन करना है एडिट करना है तो भी आप कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं ये हमने अभी वर्ड में सीखा बहुत ही आसान तरीके से आप हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी आप बोल कर लिख सकते हैं आपको टाइपिंग आना जरूरी नहीं है अब हम चलते हैं एक्चल के लिए तो एक्सेल में भी उसी प्रकार से काम होगा बस हमको यहाँ पर बोलना है और वो लिख देगा जैसे हमको एक्सेल में अधिकतर टेबल वर्क रहता है और टेबल वर्क में कई बार हम लोग फंस जाते हैं अच्छे से टाइप नहीं होता है यह बहुत सारी समस्या आता है। तो हम टेबल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जो 99% लोग नहीं बना पाते हैं शायद आपको पता हो ये बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं पता है तो आज बिल्कुल आप सीख जाएंगे पूरा देखिए वीडियो को मिस करना ही नहीं बिल्कुल और इस्किप तो करें ना तो वापस से चलते हैं इस माइक के आइकन को प्रेस करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं क्रमांक ग्राम पंचायत का नाम जनसंख्या घरों की संख्या कुल आंगनबाड़ी स्कूलों की संख्या कुल निर्मित आवास कुल निर्मित शौचालय कुल शिक्षक अन्य जैसे हमारा लिखने का काम यानी रिकॉर्डिंग हो जाती तो आप इसको बंद कर दें और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है जो भी आवश्यकता हो आप बोलें और लिखें और उसके बाद उसको कॉपी करें और जैसे मुझे यहाँ पर एक्सेल में पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर उसको कर्सर ले आऊँगा माउस का और यहां मुझे पेस्ट करना होगा तो सिंपल सा यहां पर पेस्ट कर दिया अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं शायद वो 99% लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये जो ट्रिक है इससे आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे तो ये जो ट्रिक है ये अभी हमारा रो में है इसको हमको ऐसे लेके आना है कलम में इसको वापस से आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और हमको यहाँ ले आके इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे पेस्ट ऑप्शन उसी के जस्ट नीचे पेस्ट स्पेशल तो ये पेस्ट स्पेशल बहुत ही काम का ऑप्शन है इसका आप यूज़ करें बहुत मदद मिलेगी इससे आपको पिक्सल में पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो नीचे में ये जो दिख रहा है आइकन इसको आप देखें पेस्ट स्पेशल में इस आइकन का नाम है ट्रांसपोस इसको आपको क्लिक करना है और ये क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये लिखा था हमने और ये ऐसे कन्वर्ट हो गया कॉलम वाइज अब इसको आप चाहे तो डिलीट कर दें और इसको सेट कर दें ये ऊपर की रो में हटा दे रहा हूँ और इसको ऐसे करके रेप टेस्ट इसको क्लिक करना है सेंट्रलाइज करना है टॉप में ले लें और इसके बाद ऐसे सिलेक्शन करके आपने यहां बॉर्डर दे दे। अब आपको जिस प्रकार से भी सेट करना है पेज में ये सेट कर लें बहुत ही सिंपल तरीका बताया हूं जो आपको शायद कोई नहीं बताने वाला YouTube में आप सर्च करें वीडियो आपको मिलेंगे लेकिन इस प्रकार से आपको नहीं मिलने वाला तो देखिए ये तो एक टेबल था आपको बहुत लंबी चौड़ी भी टेबल हो सकती है बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं जो एक्सेल में करने हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका क्योंकि यदि आपको टाइपिंग नहीं आती तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बहुत ही इजी काम होता है एक्सल में वर्ड में पावर पॉइंट में और अधिकतर लोग काम आने की वजह से घबरा जाते हैं कि ये काम कैसे होगा कितने लोग लगेंगे इस काम में तो चिंता करने की बात नहीं आप अकेले ही काफ़ी हैं चलते हैं एक्सल के बाद हम पावर पॉइंट प्रजेंटेशन बनाने के लिए तो पावर पॉइंट प्रजेंटेशन में हमको तीन स्लाइड तैयार करनी है तो उसके लिए भी बस कुछ नहीं है उसी वॉइस नोट में जाएंगे पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं अभी अब यहां हमको स्लाइड के लिए मैटर तैयार करना है आपका लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट है ही पहले से इसको वापस से हमको क्लिक करना होगा माइक के आइकान को और उसके बाद जो भी आपको लिखना है उसको बोलना है एंटर करते जाना है बोलना है एंटर करते जाना है तो मैं वापस से चालू करता हूँ पहली स्लाइड के लिए माइक को सभी योजनाओं की जानकारी एक नज़र में ग्राम पंचायत रामनगर समीक्षा बैठक दिनांक 22 अक्टूबर 2020 माइक को बंद कर दिया इसको हम ले जाकर कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमको पेस्ट करना है अब देखिए यहाँ पर जो टाइप किया था वो सिंपल सा पेस्ट हो गया इसको आप इससे छोटा बड़ा जैसा हमको लेना है यहाँ पर ले सकते हैं यदि कोई करेक्शन करना है तो यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं ये आपकी मर्जी आपको जैसा बनाना है वो बना सकते हैं छोटा बड़ा कलर देना है कलर दें बहुत ही काम की चीज है और बहुत ही इजी वे में काम होता है यह आप देख सकते हैं पहली स्लाइड तैयार हो गई हम चलते सेकंड स्लाइड सेकंड साइड स्लाइड में जो भी हमको चाहिए उसको केवल बोलिए और बोलकर सेकंड साइड स्लाइड में लिखिए माइक ऑन किया दूसरे पेज के लिए यहाँ मैटर लिखिए कॉपी पर पेस्ट उसी प्रकार से तीसरे पेज के लिए माइक चालू तीसरे पेज के लिए मैटर लिखे कॉपी यहां पर पेस्ट अभी हमारी तीन स्लाइड तैयार हो गई आप देख सकते हैं इसको रन करना है तो हम रन करके देख लेते हैं एफ आयु से ये एफ आयु प्रेस किया मैंने ये आप देख सकते हैं पहली स्लाइड है उसके बाद सेकेंड स्लाइड है और थर्ड स्लाइड है तो मात्र कुछ ही मिनटों में आपका जो काम है बहुत ही आसान वे में हो जाता है यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है एक अच्छी क्वालिटी का माइक है जिससे आप रिकॉर्डिंग करेंगे और कुछ अपनी सूझबूझ से जो भी आपको लिखना है तैयार करना है सामग्री या जो भी आपके बोस या जहाँ पर भी आप काम करते हैं जो काम आपको मिला है वो भली भाती आप निष्पादित कर सकते हैं कितना आसान तरीका है ये आप समझ सकते हैं टाइपिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ वो आप कर सकते हैं वो कोई भी कर सकता है जिसको टाइपिंग का ए बी नहीं पता है वो भी इसके माध्यम से कर सकता है तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से यह जानकारी मिली आपको और ऐसे ही जानकारी आपको मिलते रहेगी आने वाले समय में मेरे द्वारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की डिटेल सीरीज अपलोड होने जा रही है तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के बटन को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और यदि पुराने व्यूवर हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको वीडियो मिलती होगी और वीडियो नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन है जो बेल वाला ये घंटी वाला इसको प्रेस कर देना चाहिए जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तत्काल में आपने वीडियो को पूरी तरह देखा इस्किप नहीं किया और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया यदि समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं और पूरी तरह से आप इसको ट्राई करें करने के लिए आपको ज़रूर अच्छे से अच्छा इससे लाभ होगा और आप कहीं भी काम करें बहुत अच्छी एक्सी से, से काम कर सकते हैं वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत